आया तेरे पता इधर ये ये जो ये जो है आज नहीं चुरा फैन पता है यही फैन दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और शायद करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।